कक्षा तीन के लिए है ये भाग की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें है तो हम 216 को दो से भाग देना है मतलब तो दो बराबर भागों में को बांटना है तो इसके लिए हम जो हमारे जो जो प्रचलित जो चल रहा है तरीका मेथड है उससे जैसे इकाई ढाई सैकड़ा वंस टेंस हंड्रेड तो हंड्रेड में ये टू है तो उसी की तरफ से हम यहाँ पर हमने इसका जो क्वेश्चन वो वन रखा तो जैसा ये आगे आगे से ये किया। बाकी करते हैं जीरो हो गया, अभी हम इसको टेंस को उतार लेंगे, अब हमारे पास क्या है, अब ये हो गया हमारे पास इसमें हमें डिवाइड करना है को से करना, तो वन को टू से डिवाइड करना, तो करना है तो ये डिवाइड नहीं होता है वन टू से डिवाइड नहीं होगा तीसरी क्लास तक उस लेवल के हिसाब से तो हम या नहीं डिवाइड हो रहा तो हमने जैसे जीरो लिखते थे पहले जो इनके पुराना जो पैटर्न है और अब ये इस तरह पे और इसके बाद में जो पैट जो है इसका तरीका वो हम सिक्स यहाँ पे उतारते हैं तो वन नहीं हो रहा six तो सिक्स उतार लेते अभी सिक्सटीन हो गया सोलह हो गया सोलह बच्चा ये रिसर्च पर है कि जीरो क्यों प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि ये यह जो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि जीरो क्यों लिख जाए यहाँ पर ये जीरो क्यों जब पुरानी जो, जो हमारे जो पेट्रोल से चलते है उससे अब हम आसानी से हम टू में टू प्रोड कर सकते हैं तो यहाँ पे 16 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको ये जो पैटर्न है जो पुरानी पद्धति है उसमें चला रहा है लेकिन बच्चे बार बार में इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई ये जीरो कैसे लिख दिया कई बार हम जीरो कई बार बच्चे इसको यूँ करते हैं कि सिक्स भी यहीं उतार लेते हैं और ऊपर कहते हैं जीरो लग गया ऊपर यू करते हैं सिक्स भी यहीं उतार लिया और ऊपर जीरो लग गया कई बार ऐसा करते हैं बच्चे दो सोलह दो सही क्या बनाएंगे दो सो सौ के दो नोट लिए दस का एक नोट ढाई और सौ सौ के दो ये हमने तो इसमें हम सबसे पहले दो बच्चों को बुला लेंगे और दो बच्चों में एक एक बच्चे को ये नोट दे देंगे सौ का और एक सैकड़ा के देंगे ठीक है एक एक बच्चे को नोट और दूसरा अब हर बच्चे के पास कितना आ गया तो वो हम यहाँ पे हर बच्चे के पास सौ आ गया और टोटल दोनों के पास उसका ऐड किया तो वो आ गया टू अब ये इसमें से बाकी कर दिया अब इसमें से क्या है सोलह बचे सोलह हमारे पास बचे तो सोलह में जो ये एक दही है ये एक दस का एक नोट है तो हम इसको दो बराबर दो लोगों में दो बच्चों में नहीं बांट पाएंगे बराबर बराबर ठीक है तो इसलिए नहीं बांट पा रहे दही इसलिए यहाँ पे ये जीरो ये लग गया वो लिखा तो ये जो जीरो है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि दाही दही को हम बराबर बाघों में नहीं बांट पा रहे दो लोगों में इसलिए ये जियो लगा है यहाँ तो इसलिए यहाँ पे एक बार तो अब क्या हो गया ये सोलह हो गया सोलह इकाइया होगी ऊपर तो एक ढाई छह इकाई थी यहाँ पे हमने इसको इकाइयों में चेंज कर दिया इसके बदले हम दस दस और ये छह और छोलह टोटल सोलह एक एक के नोट वो तो सोलह इकाई होगी सोलह अब इसमें क्या है जिसे दो लोगों में दो बच्चों में लेना है एक इधर एक इधर दे दिया फिर ये और ये बांट दिया फिर ये फिर ये बांट दिए इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 16 नोट्स का एक एक की अब ये देखो कुछ भी नहीं बचा, मतलब बराबर बराबर बैठ गया पहली बात तो ये है बराबर बराबर दो लोगों में बैठे गए अब हर जो बच्चे को जो मिला है वो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ तो एक बच्चे को आठ है और इसमें भी आठ है तो यहाँ पे हम क्योंट में लिखेंगे प्लस आठ इस तरीके से और दोनों का 8 8 16 जैसा हमारा जो पहले प्रोसेस था कि दोनों का कुल लिखते था यहाँ पे तो ये 16 तो ये यहाँ हो गया अब इसमें से बातें करेंगे तो हमने ये देखा अब इनको हमें ऐड करना है ये जो ऊपर सारे हैं 100 प्लस जीरो प्लस आठ तो इसलिए इसका जो क्यूसेंट है वो क्या आ गया एक आग, ये क्यूसेंट इसका आ गया रिमाइंडर जीरो है तो इस तरीके से भी एक आ गया तो ये हमने नोटों से कराने से काफ़ी बच्चों को ये हेल्प मिल गई कि भाई ये जीरो क्यों यहाँ ये जीरो क्यों लिखा इसको हमने इससे क्लियर कर दिया कि भाई हाँ आप दस के नोट को एक दस के नोट को दो लोगों में बराबर नहीं बांट पा रहे हो इसलिए वो जीरो लगाए और ऐसा ही औरों में भी कर सकते हैं अगर बड़ी संख्या है तो उसमें अगर सैकड़ा बराबर लोगों में नहीं बांट सकते तो भी उसकी जगह बड़े हज़ार की संख्या हो तो जीरो लगा सकते हैं तो इस तरह से इस ये जो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें जीरो क्यों आया ये अच्छे से समझाने के लिए हमने नोटों की सहायता से इसको ऐसे ये यों करवाया तो बच्चों को वो इसका रीज़न पता चले गया कि क्यों जीरो आया है और ये यही